हाँ फ्रेंड अपने फ्रेंड को पोपट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप सेटिंग में जाएंगे एडिशनल सेटिंग में जाएंगे डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे नीचे की तरफ आएंगे यहाँ फ्रेंड आप उसके फोन में सो लेआउट बाउंड को अनेबल कर देंगे फ्रेंड इसको अनेबल करते ही उसके फोन की स्किन ऐसे हो जाएगी अब आप अपने फ्रेंड का फोन थोड़ा नीचे गिरा दें उससे कहेंगे भाई तेरी स्किन टूट के यार ये क्योंकि भाई अभी तो ठीक थी तो इस तरह से आप उसका पोपट बना सकते हैं